नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका वीके मोटिवेशन में स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको एक प्रेरिक प्रसंग छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका सीधा मतलब है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पे घमंड नहीं करना चाहिए आइए कहानी को शुरू करते हैं बात उस तो समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी सब लोग उन्हें जानने लगे थे स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वयं अनुसार भ्रमण कर रहे थे उस समय वे हिमालय की ओर आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने चले गए दिन घूमते घूमते वह एक नदी के किनारे आ गए वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है पर वह किनारा छोड़ चुकी है तब वे नाव के वापस आने का इंतजार में वहा किनारे पे बैठ गए एक साधु वहाँ से गुजर रहा था साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेला बैठकर देखा तो वह स्वामी जी के पास आ गया और उनसे पूछने लगा कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो स्वामी जी ने उत्तर दिया मैं यह नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ स्वामी जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है स्वामी जी ने कहा मेरा नाम विवेकानंद है साधु ने स्वामी जी का उपहास उड़ाते हुए उनसे कहा अच्छा तो तुम वो सुप्रसिद्ध विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो स्वामी जी ने साधु को कोई उत्तर नहीं दिया। साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कुछ देर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी ऐसी कहा क्या तुम मेरे तरह पानी के ऊपर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा इस बात में कोई शंका नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको ये असाधन शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा अभिमान के साथ साधु ने उत्तर दिया ये बहुत ही कठिन कार्य था मैंने 20 वर्ष की कठिन तपस्या और साधना के बाद ये महान शक्ति प्राप्त की है साधु का ये बात बताने का अंदाज बहुत ही अहमकार भरा हुआ था यह देख स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले आपने अपने जीवन के 20 वर्ष ऐसी विद्या सीखने में नष्ट कर दिया जो एक काम एक नाव पांच मिनट में कर सकती आप ये 20 वर्ष अभावग्रस्त निर्धन गरीब की सेवा करने में लगा सकते थे या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और विदेशों की प्रगति में लगा सकते थे लेकिन आपने अपने बीच व्रत केवल पांच मिनट बचाने के व्यर्थ कर दिए ये कोई बुद्धिमानी नहीं है साधु से झुका के खड़े रहे और स्वामी जी को नाभ में बैठकर नदी के दूसरे किनारे में ले चले तो ये बात हमेशा याद रखना ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है लेकिन किसी शक्ति को प्राप्त करने के यदि आप उस पर घमन करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। शक्ति का सही स्थान और सही उपयोग कर सकते हैं ये वास्तविकता में एक बुद्धिमानी कार्य है अगर आपने शक्ति का सही प्रयोग करा और उसका ऐसी जगह पर प्रयोग करा जहाँ पे उसका करना चाहिए तो आपकी हर जग में वाहवाही भी होगी और आप एक प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति भी कहलाएंगे अगर आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा की आपको स्टोरी कौन से विषय पे चाहिए धन्यवाद